एक बार एक छोटा सा लड़का था जो फुटबॉल खेलना बहुत पसंद करता था लेकिन उसमें कुछ खास रचनात्मक नहीं था फिर भी वह कभी नहीं हार मानता था और हर दिन अभ्यास करता रहता था एक दिन एक कोच ने उसे देखा और उसकी लगन और मेहनत को देखकर उसे बड़े मैच में खेलने का मौका दिया लड़का नर्वस था लेकिन अपनी सभी शक्ति लगा खेलने का निर्णय लिया मैच के दौरान लड़का ने अपनी कुशलता से सबको चौंका दिया और विजय गोल बनाया सबको इससे बहुत आश्चर्य हुआ था और लड़का समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है कोच उसके पास आया और कहा तुम शायद जन्मजात रचनात्मकता नहीं रखते लेकिन तुमने कुछ बहुत कीमती है हार ना मानने की उत्साह